दोस्तों जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तिया को जलाया जा सकता है फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती उसी तरह एक दूसरे से खुशियाँ बांटने से कभी खुशियाँ कम नहीं होती हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं हम जैसा सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं जब मन शुद्ध होता है तो खुशियाँ परछाई की तरह आपके साथ चलती है आपका मन ही सब कुछ है आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे और वैसा ही कर्म करेंगे इसीलिए दोस्तों खुद को सकारात्मकता में और परोपकार के काम में लगाएं। दोस्तों आज की ये कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि श्रेष्ठ कर्मों का विज्ञान क्या है अच्छा कर्म करने के क्या लाभ है और इससे हमारी जिंदगी कैसे बदलती है दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी को अंत तक जरूर सुने और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो चलिए कहानी शुरू करते हैं प्राचीन समय में एक गांव में एक साहूकार रहा करता था साहूकार बहुत संत से भी और सत्संगी था घर पर अक्सर साधु संतों का आवागमन लगा रहता था श्रद्धा अनुसार, साहुकार उनकी सेवा और ठहरने का प्रबंध भी अपने घर में करता था उसके पास कोई कमी तो नहीं थी प्रभु के दिए इस धन धान्य नौकर चाकर से भरपूर जीवन में वो आसक्त बिल्कुल नहीं था उसका विचार था कि पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उसे प्राप्त हुआ है इसीलिए हमेशा परमार्थ और परोपकार के लिए धन खर्च करता था सेठ की एक लड़की थी यह लड़की भी श्रेष्ठ विचार रखने वाली थी युवा होने पर इसका विवाह एक समर्थ परिवार में हुआ वो परिवार यद्यपि धन धान्य से भरपूर था पर सत्संग प्रिय नहीं था एक दिन वो साहूकार की बेटी अपने ससुराल में सास के साथ बैठी थी कि बाहर से किसी एक फकीर ने आवाज लगाई कि देवी कुछ खाने को मिलेगा सास ने लड़की से कहा तू जाकर फकीर से कह आ कि यहाँ कुछ नहीं है लड़की ने सास की आज्ञा मानकर बाहर आकर फकीर से कहा महाराज यहाँ कुछ नहीं है फकीर ने बड़े प्रेम से पूछा बेटी फिर तुम लोग क्या खाते हो लड़की ने उत्तर दिया महाराज हम बासी भोजन खा रहे हैं। फकीर मुस्कुराते हुए पूछने लगा बेटी जब बासा खत्म हो जाएगा तो फिर क्या खाओगे लड़की ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया तो फिर महाराज हम आपकी भाती दर की भीख मांगेंगे इतना सुनकर साधु तो उचित उत्तर पाकर चला गया पर अंदर लड़की की सास जो सब बैठी बाहर हो रहा बार तालाब सुन रही थी आग बबुला हो उठी जब लड़की अंदर आई तो उसे डांटते हुए बोली कम बखत लड़की तू अच्छी हमारी कर्मों में पड़ी सबसे अच्छा खाना पहनना करते हुए भी बाहर हमारा अप्यस करती फिर रही है जरा बता कब हमने तुझे बासा दिया है खाने को और तो और फ़कीर ऐसी कह रही है हम भीख मांगेंगे मनहूस सास ने अपनी बहू को बड़ा कोसा लड़की ने अपनी सास को हाथ जोड़ कर कहा माता जी मैंने झूठ नहीं कहा हम बासा ही तो खा रहे हैं। इतना सुन सास और लाल पीली हो गई। क्रोध के मारे उसने पूरे घर को थोड़ी देर में अशांति और कलहा का रूप बना डाला शाम को लड़की का ससुर घर आया अपनी स्त्री को इस प्रकार ठंडे सांस भरते देख वो हैरान रह गया नव बहु भी डरी सी एक कोने में दुबकी पड़ी थी मन में सोचा क्या हो गया है घर में निर्वता क्यों छा गई है स्त्री से पूछा तो स्त्री ने जले कटे शब्दों में कहा आपकी बहु गली मोहल्ले में स्थान स्थान पर फैलाती फिर रही है की हम बासा भोजन खाते है और जब वो खत्म हो जाएगा तो हम दर दर की भीख मांगेंगे ससुर जी सत्संग के विचार तो नहीं रखता था पर था समझदार और धैर्यवान। उसने अपनी बहू को बुलाया और कहा तुमने ऐसे शब्द क्यों कहे हैं? इनका प्रयोजन क्या है बहू ने सारा वृत्त कहा तब सेठ जी ने पूछा बेटा हमने तुम्हें बासा खाना कब दिया पिताजी मैंने जब से होश संभाला उसी दिन से आज तक मेरा जीवन सुख वैभव में व्यतीत हुआ चाहे माता पिताजी के घर या आपके पास मुझे अपने अब तक के जीवन में किसी चीज का अभाव महसूस नहीं हुआ पर अब प्रश्न ये सामने आता है कि ये सब मुझे क्यों मिला मालिक की रची गई सृष्टि में ऐसे भी जीवन होंगे जिनको भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता न सर पे छत न जिस्म में पर्याप्त कपड़े आखिर ये असमानता क्यों? क्या कुदरत पक्षपात करती है नहीं पिताजी ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जिनका जमा हम अभी खर्च कर रहे हैं पिताजी हम बासा भोजन और जमा किया फल खर्च कर रहे हैं हमारे वर्तमान में हम ऐसा कोई साधन नहीं बना रहे जिनका अगले जन्म में हमें सुफल प्राप्त हो जैसे भजन सिमरन परोपकार दान महात्माओं की सेवा आदि जब हम ऐसा कुछ भी कर ही नहीं रहे जो आगे हमें सुख संपत्ति या समान दिलाने का साधन बने तो ये आशा ही व्यर्थ है कि हमारा भविष्य सुखों से भरा हो तो हमें भिक्षा के ही सहारे जीवन बिताना पड़ेगा बहू ने कहा पिताजी हमें हमारे प्रारब्ध स्वरूप जो भी धन मिला है उसे परमार्थ में लगाना चाहिए सेठ ने अपनी बहू से प्रश्न किया तो फिर इस भिक्षा का क्या मतलब बहू बोली जिसने जीवन में श्रेष्ठ कर्म नहीं किए उसको प्रारब्ध के अनुसार जो मिले वही भिक्षा के रूप में स्वीकार कर जो मिल जाए उसी में संतोष करना पड़ेगा जैसे भिकारी को भिक्षा में जो भी मिलता है उसी से गुजारा करना पड़ता है लड़की की बातें सुन से ठहरान हो गया उसने अपनी बहू से पूछा तुम्हें इतना ज्ञान कहां से मिला लड़की बोली मेरे पिताजी के घर प्राय साधु संत पधारते हैं, उनके सत्संग और संगत में मेरा पूरा बचपन व्यतीत हुआ है सेठ की आंखें खुल चुकी थी उन्होंने कहा पुत्री अमूक कमरे में जो गेहूँ और चना मिश्रित है उनका आटा पिसवा कर भिकारियों और अतिथियों के लिए भोजन करवा बनाया करो वास्तव में वो अन्न घून लगा हुआ था और कई वर्ष से गोदाम में पड़ा हुआ था बहु ने वैसा ही किया अन्न का आटा पिसवाया दूसरे दिन जब सेठ घर आये तो हाथ मुँह धोकर आना खाने बैठे बहू ने खाना परोसा सेठ जी खाना खा रहे थे तो उनकी पत्नी आग बबूला होकर शोर मचाने लगी खाना सेठ के गले से ही नहीं उतरे गला खुश्क हुआ जा रहा था जैसे रोटी नहीं लकड़ी चबा रहे हो सेठ जी ने कहा आज रोटी ऐसी क्यों बनाई है सेठानी ने कहा ये लड़की आपको भिकारियों वाला खाना परोसे है और करे दान पुण्य बहू ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया पिताजी इसमें हैरानी क्या सीधी सी तो बात है इस जन्म में हम जैसा अन्न दान करेंगे वैसा ही भविष्य में हमें खाने को मिलेगा हमें आज से ही अभ्यास करना चाहिए वरना फल प्राप्ति के समय में हमें तकलीफ होगी आज घर में जो खाना भिकारियों के लिए बना वही हम सब ने भी खाया इस बात ऐसी से सेठ जी को सब समझ पड़ गई कि बहू क्या समझाना चाहती है दूसरे ही दिन उन्होंने अच्छी ताजी गेहूं पिसवा कर भोजन बनवाया और अपनी पूरे परिवार के साथ गरीब लोगों को भोजन करवाया इस प्रकार एक भक्ति परायण और साधु सेविका बहू के संग सेठ जीवी महात्माओ की शरण में जाने लगे और सद को प्राप्त हुए इसीलिए दोस्तों प्रत्येक मानव को वर्तमान समय में श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए क्योंकि इन्हीं कर्मों से हमारा प्रारब्ध बनता है तो दोस्तों अंत्य में जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा साथ में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू दोस्तों